शाहरुख खान के पठान ने पकड़ी रफ्तार के जी को मात देने के करीब पहुंची पठान दो हफ्ते में पठान पहुंची 400 करोड़ के पार पच्चीस जनवरी को रिलीज हुई पठान को दो हफ्ते हो चुके हैं फिल्म ने इतने कम समय में ही 400 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली अब पठान जल्द ही कन्नड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म के जी के हिंदी वर्जन के लाइफ कनेक्शन को मात देने वाले दिन कमाए इतने करोड़ पठक के सेकेंड की बात करें तो फिल्म ने शुक्रवार को देश भर में 14 करोड़ का कलेक्शन किया जबकि शनिवार को कमाई तेईस करोड़ सब्सक्राइब ना एंड प्रेस दिन अपडेट